नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24 फोर इंटू सेवन में आज हम खड़े हैं बर्दवान रोड स्थित कैपिटल फर्स्ट बिल्डिंग के प्रांगण में इसके ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे चौधरी कंसल्टेंसी का आज नया ऑफिस का उद्घाटन किया गया ऐसे क्षण में बजाज एयरलाइंस के सी मिस्टर आदित्य शर्मा जी उपस्थित हैं और साथ में मखानी जी श्री विहाग मखानी जी ने फीता काट करके इसका शुभारंभ किया आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्यों को देखते हैं और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे क्या और कैसे कैसे किया गया तो आप जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे अपडेट्स लेकर के हम फिर मिलेंगे आपके साथ आप सबका दिन शुभ हो बंदे मात्र करना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें और इसी इनाम को आगे बढ़ाते रहे कलकत्ता तक पहुँचे उनके काफ़ी ऑफिस और खोल सकें आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं हेड ऑफिस पुणे से मेरे बॉसेस मेरे इमीडिएट बॉस मिस्टर बिहार मखानी जो नेशनल एजेंसी हैं मेरे सुपर बॉस जो हैं मिस्टर आदित्य शर्मा शर्मा जी चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं चुन्ण। चुन्ण। okay. है तो तो देखे। देखे। देखे। देखे देखे। है रिक्वेस्ट बिहार सर चाहती बजाज के के बारे में बॉस हैजाज सो उनका मैं सही स्वागत करता हूँ एंड हमारे साथ मेरे दादाजी हैं चौधरी जिनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे में आने के लिए साथ में अरुण जैसी है que va a necesitar pues pues que necesite pues de necesitar आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। लड़की लोगों के पास है, लड़के ये एंड्रॉयड में डाल देते हैं, लड़की लोगों के पास कैंची है। वाह, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं बोल रही हूँ, तो क्या? साला मैं कुछ नहीं। अच्छा। ऑफिस की ये ऑफिस हमारी सेकंड ऑफिस है श्रीनगर और पूरा पूरे हमारा इंश्योरेंस का काम को ही डेडिकेटेड है कस्टमर्स को डेडिकेटेड है कस्टमर्स के होने वाले सेवा को डेडिकेटेड है कस्टमर्स so, को होने वाले सेवा के लिए जो एक्स्ट्रा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑफिस बनाए पहला ऑफिस पहला ऑफिस हमारा खरपाड़ा में शीतला मंदिर के बगल में जैसे से नीचे। है आप ऑफिस हमारी खुली है दो हजार उन्नीस में मार्च दो हजार उन्नीस में हमारी सर्विसेस हमारे 25 साल पुरानी है कौन कौन सी सर्विसेज दी जाएगी यहाँ से इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर सर्विसेज़, क्योंकि इंश्योरेंस इस एनलेस वर्ड सो इंश्योरेंस से आप रिलेटेड आप पता लीजिए प्रीमियम जमा देना चाहे उसका क्लेम जमा देना चाहे क्लेम की कोई सर्विस जमा देना चाहे कोई नई पॉलिसी करना चाहे कोई म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड हो मतलब कुछ भी रकम का इन्वेस्टमेंट कुछ भी रकम के इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वो सारी की सारी डीलिंग्स चाहे इस ऑफिस से चाहे उस ऑफिस से हो हमारी बैक ऑफिस के लिए ही तो आपने <laughs> स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल लोगों के लिए हमारे ऑल कस्टमर्स के लिए सिर्फ एक वर्ड धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद हमें विश्वास करने के लिए आप और भी ऑफिस खोलने की कोई ऑफिस जैसे डिजिटल वर्ल्ड में क्या है ऑफिस तो देखिए डिजिटल वर्ल्ड में ऑफिस खोलने से ज़्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन सो so, अगर हम अपने डॉट बंगाल की बात करें जयगांव से लेकर किशनगंज तक कटिहार तक इन पर मालदा तक यहाँ पर और अगर हम लोग एक्रॉस स्टेट जाएँ तो दिल्ली बॉम्बे रांची आसाम भी हमारे वेस्ट में गुवाहाटी तो जो कि डिजिटल वर्ल्ड है अभी कम्युनिकेशन बोलिए कोई भी अक्रॉस ब्रांचेस जरूरी नहीं है बट हाँ हमारे सुविधा के हिसाब से हमने अपने पास ब्रांचेस रखा था कि सर्विस से दिक्कत नहीं है बट डिजिटल वर्ल्ड में ये है कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है आप लोगों का प्यार रहता है कि रेफरेंसेज जिनके जहाँ रिश्तेदार हैं जहाँ कजिन्स हैं कलीग्स हैं वहाँ हमें रेफरेंस मिलता है अगर हमें पसंद आया उनको पसंद आया तो काम आगे बढ़ते हैं कस्टमर को बढ़िया सर्विस दे पाएं उनसे जुड़े रहें उनका विश्वास जीत पाए